राज्यपाल मंगूभाई पटेल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल छात्रों को डिग्री देंगे जिसको लेकर छात्रों में काफी उत्साह है राज्यपाल मंगूभाई पटेल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के दसवें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने बताया की दीक्षांत समारोह की तैयारी पूर्ण कर ली गई है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का दसवा दीक्षांत समारोह पंडित शंभुना शुक्ल सभागार में आयोजित किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगू भाई पटेल रीवा आएंगे दीक्षांत समारोह में 150 सफल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी जिसको लेकर विश्वविद्यालय में पूरी तैयारियां की जा रही हैं राज्यपाल 12 दिसंबर कोरी बजाएंगे एपीएस विश्वविद्यालय रीवा का दसवा कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है उस निमित्त महामहिम कुधिपति महोदय ने अपने आगमन की अनुमति दी है परंपरा अनुसार कुलाधिपति महोदय के करकमलों से ही विश्वविद्यालय की डिग्रियों का और स्वर्ण पदकों का वितरण छात्रों को होता है उस निमित्त तो उनका आगमन 12 दिसंबर को और रीवा विश्वविद्यालय में हो रहा है जिसकी तैयारियां चल रही हैं स्वर्ण पदक की संख्या और डिग्रियों की संख्या उनके वितरण से लेकर छात्र छात्राओं की ड्रेस कोड को लेकर और अन्यान्य व्यवस्थाओं को लेकर सब प्रकार की तैयारियाँ विश्वविद्यालय में चल रही हैं